केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपनी पत्नी के साथ दतिया पहुँचे जहाँ उन्होंने माँ पीताम्बरा माई के दर्शन कर पूजा अर्चना की इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पत्नी कंचन गडकरी के साथ दतिया पहुँचे जहाँ उन्होंने पीताम्बरा देवी मंदिर पहुँच कर माँ देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की इसके बाद उन्होंने वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया इस मौके आरोप गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे यह गडकरी की निजी यात्रा का कार्यक्रम था गडकरी ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे वॉटिया चेंज इज दर्ल्ड ऑफ ऑपरचुनिटीज वर्ल्ड ऑफ इंस्पिशन वी आर एल एन सी टी ग्रुप एवरी चेंज इज प्रोवाइडिंग डिलीवरिंग सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन